साथियों नमस्कार पंद्रह सितंबर रविवार दिन का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया ले करके आया है क्या क्या घटनाएं आज आपके साथ घटित होंगी पंचांग आज का क्या कहता है इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे दिल्ली में है इस समय हम तो आप लोग यदि चाहें तो मिल सकते हैं और आज आधे दिन ही दिल्ली में रहेंगे तो जितनी जल्दी यदि आप लोग संपर्क कर सकते हैं ठीक रहेगा तो विक्रम संबत दो जो है छिहत्तर शख संबत उन्नीस और परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद इसके ने उपरांत नेवती नक्षत्र रहेगा करड़ जो रहेगा ये रहेगा कौलव तैतिल और अंतिम जो कर रहेगा ये रहेगा गर करर सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पाँच बजकर बच पचपन मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर आठ मिनट पर ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी दोपहर बारह बजकर चौबीस मिनट तक की प्रतिपदा रहेगी और उसके उपरांत द्वितीय तिथि लगेगी योग रहेगा गंड इसके उपरान्त वृद्धि योग रहेगा वार रहेगा रविवार दर्शकों हमने प्रतिपदा को बताया था कि पेठा कुष्माण जिसको बोलते हैं नहीं खाना चाहिए और द्वितीय तिथि को जो होता है दर्शकों तो द्वितीया को कटहल का सेवन नहीं कर, करना चाहिए और बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आपके भी घर में द्वितीय तिथि को बैगन और कटहल बनता है तो इसको आप लोग स्किप करिए मत बनाइए शास्त्रों में हमारे मना ही है इसके साथ साथ दर्शकों आज हम बताना चाहेंगे जो चंद्रदेव रहेंगे ये मीन राशि में चलायमान रहेंगे आ, राहु काल की बात करते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसी बेला एक ऐसा पीरियड कि आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल आज रहेगा शाम चार मिनट से शाम छः मिनट तक की शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा सुबह ग्यारह बजकर 33 मिनट से बारह बजकर 26 मिनट तक रहेगा दर्शकों आज जो सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रतः पाँच बजकर 55 मिनट से लेकर के और 16 सितंबर की रात को एक बजकर 45 मिनट तक ही रहेगा तो राहु राहुकाल को छोड़ के आज यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्यो की सिद्धि होगी तो ये तो था दर्शकों देखिए हमारा पंचांग इसमें हमें नहीं लगता कि कोई चीज हमने मिस की है हाँ एक चीज़ हमने मिस कर दी है क्योंकि रविवार दिन रहेगा रविवार को दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहता है कोशिश कीजिएगा कि यदि आज आपको यात्रा करनी पड़े तो पान खा करके अथवा घी खा करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं जी हाँ दिशा को आप लोग देखिए महत्व तो दिया करिए यदि हम बताते हैं कि रविवार है पश्चिम दिशा की ओर दिशा है इसके प्रभाव को कम करने के लिए पहले पूर्व दिशा में आप लोग चार पग यात्रा करिए उसके उपरांत आपको पश्चिम दिशा में चलना रहेगा तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या रहेगा हाल तो मेष राशि के जातकों आज पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है आज आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं पिता के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा होगा कार्यस्थल पर आज आप अधिक मेहनत करेंगे आपकी अपनी उपलब्धियों पर प्राउड और गर्व महसूस होगा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है कोशिश कीजिएगा कि ओम ह्रीम ग्रीम सूर्य आदित्य नमाइस मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व वृषभ राशि के जात को तो आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा माता पिता के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे आज आप कहीं पर जो बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं कोर्ट कचहरी के, के मामलों में कोई फैसला आज आपके पक्ष में आ सकता है जो लोग खेल कूद में रुचि लेते हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज आप दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करेंगे बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध बेहतर रहेगा सेहत के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा महसूस करते हुए नजर आएंगे कुल मिला करके आपके जो है सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी कोशिश कीजिएगा कि आज शिवलिंग पर से अभिषेक करिए आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। शुभ शुभ शुभ कलर कलर आपके आपके आपके लिए एक आपके लिए लिए रहे रहेगा, रहेगा, रहेगा, अंक दिशा रहेगी, रहेगी पश्चिम दिशा मिथुन राशि के जात को आज आप पूरे दिन नई ऊर्जा से भरे रहेंगे आज बाहर जाने के यात्राओं के योग बन रहे विदेश जाने का भी योग है जीवन साथी के साथ आज घूमने फिरने कहीं बाहर जा सकते हैं बिजनेस में आज सब कुछ अच्छा बना रहे के लिए किसी जरूरतमंद और अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आएगी ऑफिस में आज जो है आप अच्छा वे दिन उच्च अधिकारियों का आज आपको साथ मिलेगा जो लोग वकील हैं उनको आज किसी बड़े केस में विजय हासिल होती हुई नजर आएगी आपको आज जो है संतान सुख की प्राप्ति भी संभव है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन रोटी में गोल डाल करके आपको गाय को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व हमारी जो अगली राशि आती आती है कर्क राशि मिथुन राशि के बाद तो कर्क राशि के जातकों आज स्वास्थ्य में आपके कुछ गिरावट हो सकती है घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ने की संभावना परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी आज आप अपने काम के लिए किसी दूसरों से मदद लेते हुए नज़र आएंगे किसी दूसरों से आज आप धन भी ले सकते हैं कोई तनाव आज बहुत ज़्यादा आप महसूस करते हुए नजर आएंगे अपने खर्चों पर आज आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा जो कोई आज जो है बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए दिन बेहतर रहने वाला है धन लाभ की बहुत बड़े धन लाभ की आज आप जो है दिखता हुआ पढ़ाई पड़ रहा है कोशिश कीजिएगा कि पढ़ाई में, तो में तो छुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा सिंह राशि आज आप परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हुए नजर आएंगे खास करके आज का दिन जो है पढ़ाई में ज़्यादा जाएगा राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छी छवि समाज में बनती हुई नजर आएगी आने वाले समय में इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा पैसों से जुड़े दूसरे समस्याओं से आज आप विचलित हो सकते हैं जो जो आप युवा की तलाश में हैं उनको कोई अच्छी नौकरी लगने की संभावना है बिजनेस में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा आपकी सभी समस्याएँ दूर होंगी उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्यदेव को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये कन्या राशि आती है कन्या राशि के जात को आज आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे आज आप काम में स्थिरता बनाए रखेंगे जो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या मैकेनिकल से रिलेटेड हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा जीवन साथी के साथ कुछ आपके तल्क मिजाजी उभर करके सामने आएगी जो कोई प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए आज दिन फेवरेबल रहने वाला है आज आपके साथ कुछ अच्छा होगा अधिकारियों से खास मामलों पर आपकी बातचीत होगी आज आप किसी काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए नजर आएंगे जिससे आपकी तारीफ़ होगी किसी कन्या के पैर खोकर के आज आपको आशीर्वाद लेना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज आपको गाय को गुड़ जरूर खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा ईशान को भी इसको बोलते हैं तुला राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज अधिकारियों से आप अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी बरतीएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही परिवार में बेहतर तालमेल बना करके रखिए आज आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आएंगे ऑफिस में आज कुछ फालतू विवाद सामने उभर सकते हैं उनसे बचना चाहिए घर के बड़े बुजुर्ग शाम को किसी आज जो है धार्मिक आयोजन में या किसी धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं और आज आपका संपर्क किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से होगा जो आगे भविष्य में आपको दिशा निर्देश दे सके आपके कार्यों में आपकी हेल्प कोशिश कीजिएगा कि आदित्य हृदय नमस्कार कीटाफट आप लोग लाइक कीजिए पांच सौ लाइक का टारगेट है तो आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम सारे जो है मतलब जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है, है इस पर हम उपस्थित हैं वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं कोई ना कोई रिलेटेड जो है ज्योतिष से संबंधित आपके ज्ञानार्जन से रिलेटेड हम उस पर डालते रहते हैं वृश्चिक राशि के जात आज ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आमदनी में इजाफा होने के आधार नजर आ रहे हैं पूरे दिन आज खुद को बेहतर फील करेंगे राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छे दिन हैं घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा आज आपका जो झुकाव रहेगा आज अपने पूर्वजों की ओर आप बहुत ज्यादा याद करेंगे किसी ऐसे साथी को आज आप याद करेंगे जिनसे आपकी जो है मतलब पहले दोस्ती रही हो पैसों के मामले में उन्नति कारक आज का दिन रहने वाला है आज कुछ घरेलू सामान खरीदने में आपका व्यय अधिक होगा जरूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कुछ मीठा छेने से बना हुआ जरूर खिलाइए यदि वो विकलांग हैं गरीब हैं या लेबर क्लास हैं उनको छेना आज आप लोगों को जरूर खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा अगली राशि आती है धनु राशि देखिए फटाफट आप लोगों को राशिफल बता रहे हैं कि आप लोगों का समय और डाटा ये दोनों बचे तो धनु राशि के जातकों आज परिवार वालों के साथ खुशी के पल बिताएंगे आज खास करके जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें सफल होने के जो है ज़्यादा गुंजाइश है जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के नए मौके मिलेंगे किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आज मन में बहुत ज़्यादा आप अपने राहत महसूस करते हुए नजर आएंगे कैरियर में नए आयाम स्थापित होंगे कोशिश कीजिएगा कि आज हनुमान जी को आप लोग जो है एक मीठा पान जरूर चढ़ाइए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कैप्री मकर राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज अचानक घर पर कोई मित्र आपके आ सकता है खास करके आज कोई जो है ए, मित्र के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना रहेगा जीवन साथी के साथ कुछ पुरानी बातों पर मतभेद उभर करके मकर राशि के जातकों के साथ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वहीं अस्पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कुछ मामलों में आज आप अपनी बातों पर अड़िग नहीं रह पाएंगे और कोशिश कीजिएगा जंक फूड से ऑयली चीज़ों से आज आपको बच कर रहना है करना क्या रहेगा तो आज के दिन नमक का सेवन मत करिए गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कुंभ राशि के जातकों आज ऑफिस में आपको कोई पुरानी पहचान का फायदा मिलेगा रुके हुए काम आज आपके आसानी से पूरे होंगे आज आप अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से किसी काम को जो है शुरू करते हुए नजर आएंगे मन अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जा सकते हैं ऑफिस में आपका आपके कामकाज की तारीफ होगी विवाहितों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनको आज कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा दुर्गा सप्तती के तृतीय अध्याय का पाठ करिए और आज हनुमान जी के आपको दर्शन जरूर करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज आपका मन बहुत ज्यादा उत्साहित रहेगा नौकरी पैसा लोगों के लिए आज अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा संतान पक्ष से आज आपको खुशी मिलेगी ऑफिस में कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे जीवन साथी के साथ आपका ता तालमेल बढ़िया रहेगा आज आप उनके साथ कहीं डिनर पर बाहर जा सकते जो है जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं व्यापार में लाभ के अनेक अनेकों अनेक अवसर आज आपको प्राप्त होंगे आज आप कम मेहनत में ज्यादा सफल होंगे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के अधिक चांसेस हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आपको शिवलिंग पर जल में लाल रोली डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अर्पण करना है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पिंक कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों के साथ आप लोग इसको जो है देखें और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चाहे वो ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हमने नए राशिफल में और वार्षिक राशिफल आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दो का हमने सभी राशियों का डाला है मेज से लेकर के मीन राशि आप लोग जाकर के देख सकते हैं इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार